छलिया से दिल क्यों लगाया है या वो जाने या मैं जानू मोहन से दिल क्यों लगाया है या वो जाने या मैं जानू मोहन से दिल क्यों लगाया है क्या वो जाने या मैं जानो हर बात निराली है उसकी हर बात में है तेरा पन। हर बात निराली है उसकी हर बात में है यकपन तेरह दिल क्यों लगाया है या वो जाने ला मैं जानू खे दिल क्यों लगाया है वो जाने ला मैं जानू मोहन से दिल क्यों लगाया है जाब जाने ला मैं जानू इतना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया जितने दिल ने तुम्हें याद किया उतना जग ने बदनाम किया बदनामी का क्या फल पाया है या वो जाने या मैं जानू मोहन से दिल के लगाया है या वो जाने या मैं जानू चली ग लगाया है या वो जाने या मैं जानू मिलता भी है वो मिलता भी नहीं मिलता भी है वो मिलता भी नहीं नजरों से मेरे कटता भी नहीं ये कैसा जादू चलाया है क्या वो जाने मैं जानू ये कैसा जादू चलाया है जाबू जाने ला मैं जानू मोहन से दिल क्यों लगाया है जाबू जाने या मैं जानू मोहन से दिल के लगाया है जाबू वो ला मैं जानूं खी जाते दिल क्यों लगाया है वो जान